श्री प्रमोद कुमार पटेल सभी को एक है पूश्पु पूश्पु माला है, पुष्प पुष्प का माला माला देकर और जो है तो तो तो तो तो तो और माता जी के तरफ तो से आदरणिया जिला परिषद यहाद्या का स्वागत अब मैं चाहता हूं कि कोई अंदाज नहीं लेकिन दो है है लाइन से जुड़े हुए हैं लेकिन अब जो है उनके जीवन में एक मोहर गया राजनीतिक वाला मोहर हो गया लेकिन एजुकेशन लाइन से भी जुड़े हुए हैं इसीलिए दो सब ताकि बच्चा बची आज का जो महोत्सव है पचहत्तरा साल पचहत्तर तो साल हो चुका आजादी का और हर्षोल्लास से मना रहा है हिंदुस्तान ये आजादी का अमृत तो महोत्सव मना रहा है तो महोत्सव मना रहा है और आज के दिन बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जाए बच्चों को कैसे प्रेरणादायक दो मिनट के लिए श्री प्रमोद कुमार पटेल सर जी को हम आमंत्रित करते बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश कश्यप जी मेरे छोटे भाई ज्वाला पटेल जो कि इतने बड़े आज के दौर में इस जगत को शिक्षा से नवाजने का काम कर रहा है मेरे छोटे भाई उनको मेरे तह दिन से और उनके इंस्टीट्यूट को मेरे तह दिन से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है और यहां पर देश के भविष्य बच्चे और बच्चियां बच्चिया मौजूद हैं मैं उन सबों का अपने तरफ से इस्तेमाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं, लंदन स्वागत अभिनंदन करता हूं, और यहां पर मौजूद मैं देख रहा हूं कि सभी लोग मेरे अपने हैं यहां पर मौजूद हैं, दूरदराज से ऐसी लोग आए हुए यहां पर मेरे साथी गढ़ सारे लोगों को मैं इस मंच के माध्यम से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और एक बात कहता हूं कि मेरी सुहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं है मेरी सोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं है मैं चाँच लिखता हूं तो है, पानी के में भी सैलाब छपा है मेरी जज्बातों से इस कदर वाकिफ तो है मेरी, मेरी कलम की मैं इस चीजें लिखता हूँ तो इंतलाब छा है मैं इस चीजें लिखता हूँ तो इंतलाब